प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र लेकर आए यह मेरी सलाह भी है और नसीहत भी पंडाल में कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर कर न आए उषा ठाकुर का कहना है कि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक माध्यम बन गए थे इसलिए गरबा पंडाल में जो भी आए वह अपना पहचान पत्र साथ लेकर आए और संगठन इस बात का ध्यान रखे आज के समय में सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग हैं। यह पहली बार नहीं है कि उषा ठाकुर ने कोई ऐसा बयान दिया हो इससे पहले भी उन्होंने गरबा को लेकर कहा था कि जब अल्पसंख्यकों को वंदे मातर गाने में दिक्कत होती है तो वे साक्षात दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने कैसे जा सकते हैं और वे अपनी माँ बहन और पत्नी को लेकर क्यों नहीं जाते और लड़कियाँ भी इस बात का ध्यान रखे की वे बैकलेस और लो वेस्ट ड्रेस न पहने जाते उसको अब नहीं नहीं नहीं अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता ये मतलब सलाह है या आदेश ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं क्योंकि लौ जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे